मेरी पहली मोहब्बत तो की सारी, सारी मैनू तू तो मिले, जब, मैं मिले तब, तेरा करा मैं, और हवा बन के उड़ा उड़ा मैं तू ही सारा मेरा किनारा मेरा तू ही है जन्न मेरा सितारा मेरा तू ही है मेरा गुजारा मेरा तू ही है मेरा सफर